आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर नया प्रोजेक्ट है फुली स्टॉप और फरिश्ता स्वरूप एक सेकंड में फुली स्टॉप लगाना बाबा इसकी हमें बहुत प्रेरणा देते रहे क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का ये एक मुख्य बिंदु है कि हम व्यर्थ संकल्पों को जल्दी से जल्दी समाप्त कर लें एक सेकंड में चलो न भी हो पर हमारे पास कुछ ऐसे पावरफुल संकल्प होंगे ज्ञान जिनसे हम अपने और संकल्पों को पहले धीमा करें उनके इफ़ेक्ट को ख़त्म करें फिर उनको पूरी तरह समाप्त कर दें कुछ नए अच्छे विचारों में आ जाएं, इसके लिए योग की शक्ति तो चाहिए ही कंट्रोलिंग पावर तो चाहिए लेकिन ये भी चाहिए कि हमें ज़्यादा सोचने की आदत ना हो जो व्यक्ति परचिंतन में रहता है जो व्यक्ति ज़्यादा बाह्य मुखी है जिस व्यक्ति में विकार बहुत ज़्यादा हैं चाहिए ईर्षा क्यों ना हो उसके लिए फुल स्टॉप लगाना ये तो एक कल्पना हो जाएगी लेकिन जिन लोगों ने अपने चित्त को शांत किया है जिन्होंने अपने विकारों को जीता है जो अंतर्मुखी हो गए केवल स्वचिंतन करते हैं जिन्होंने मान लिया है कि संगम युग पर परचिंतन हमारा सब्जेक्ट नहीं है चारों युग कर लेंगे अब नहीं करना है अब भगवान मिला है उसका चिंतन करेंगे आत्मिक चिंतन करें स्वदर्शन चक्र का चिंतन करें वो इनसे मुक्त हो जाते हैं तो पहली चीज़ ये कि हमारा मन इन सब से ऐसे ही मुक्त रहे व्यर्थ से फिर जब मुक्त रहेगा तो हमारे अंदर शक्तियाँ रहेंगी क्योंकि व्यर्थ में ही सारी शक्तियाँ बहती हैं तो हम सहज ही फुल स्टॉप लगा सकेंगे अपने संकल्पों को शांत कर सकेंगे सभी समझ रहे होंगे पावरफुल संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की प्रैक्टिस डालनी है उसमें हमारे पास ड्रामा का ज्ञान है साक्षी भाव का ज्ञान है हमारे पास ज्ञान के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम यूज करेंगे मान लो कोई हमारी गिलानी करता है उल्टे कमेंट्स करता है हमें उसका संकल्प चलता है चलता तो है लेकिन हम जल्दी से जल्दी उससे मुक्त हो जाएं ये हमें अभ्यास करने हैं ज्ञान के बल को यूज करके तब हम फरिश्ते बन सकेंगे नहीं तो व्यर्थ में अगर हम रहेंगे तो प्योरिटी की पावर भी हमारे पास जमा नहीं होगी हम चाहे कितने भी पवित्र बन जाएं हमारे स्वप्न भी ठीक हो जाएं लेकिन व्यर्थ संकल्प हमारी शक्तियों को नष्ट करते रहेंगे इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम बुरा देखना बुरा बोलना ईषा द्वेष, तेरा मेरा इस सब चक्रव्यूह से मुक्त रहें तब हम फरिश्ते स्वरूप की ओर चलेंगे रोज अभ्यास किया करेंगे मैं आत्मा मस्तक के मध्य में हूँ और मैं निराकार हूँ निराकार स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव करें चार और चारों ओर मेरे प्रभा मंडल है और मुझमें इतना तेज है शक्तियों की किरणें इतनी पावरफुल हैं कि उससे जैसे मेरा ये स्थूल शरीर ही लोप हो गया और मैं आत्मा बैठी रह गई प्रकाश के शरीर में तो ये अभ्यास करेंगे और मेरे अंग अंग से शक्तियों की पवित्रता की किरणें चारों ओर फैल रही हैं आजकल तो विशेष ज़रूरत है हमें कि कि हम अपने फरिश्ते स्वरूप के द्वारा विश्व की सेवा करें एक विजन बनाया करें मैं फरिश्ता पर हूँ आकाश में और मैं स्थिर हूँ हाथ ऊपर किया है मैंने वरदानी मुद्रा में हाथ से किरणें निकल के नीचे जा रही हैं मस्तक से किरणें निकल के नीचे जा रही हैं और लोग ऊपर की ओर मुझे देख रहे हैं कि डिवाइन फरिश्ता कहाँ से आ गया और मेरा तेज चारों चारोर वायुमंडल में बहुत ज़्यादा फैल गया है जैसे कोई दिव्य फरिश्ता तेजस्वी फरिश्ता आकाश में प्रकट हो गया हो और उसका तेज चारों ओर फैल रहा हो ये विजन बनाया करें इसे बहुत अच्छे अनुभव होंगे अपना स्वरूप बढ़ता जाएगा बाकी डबल लाइट रहें बहुत हल्के रहें और अभ्यास को बढ़ाते चलें तो हम फरिश्ते स्वरूप तक अवश्य ही पहुँच ओम शांति